नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल अमेठा एजुकेशन पर आज हम राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विद्या संबल योजना जो कि बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही वरदान के रूप में सामने आई है और किस प्रकार से उसके आवेदन किए जाएंगे किस प्रकार से चयन होगा और क्या क्या योग्यताएँ किस किस पोस्ट के लिए रखी गई है ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कब से आवेदन करना है क्या क्या मूल दस्तावेज इसमें लगेंगे इन सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे इसी प्रकार के और भी शिक्षा विभाग के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले आइए देखते हैं किस प्रकार से निर्देश आए हैं नए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक एक दिनांक 17 अक्टूबर के आदेश के तहत एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और उस विज्ञप्ति में विद्या संबल योजना के नाम से गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाना तय हुआ है रिक्त पदों पर विद्यालय के विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद अहम योग्यता हैं किन किन पदों पर लेना है और क्या क्या योग्यता है व्याख्याता विभिन्न विषयों के योग्यता रखी गई राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार दूसरा है वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय योग्यता राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अध्यापक लेवल टू विभिन्न विषय राजस्थान पंचायत राज नियम नाइन्टीन में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार अध्यापक लेवल वन राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रयोगशाला सहायक राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार और शारीरिक शिक्षा शिक्षक राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार से कुल छः पदों पर विद्यालय में रिक्त पदों के अनुरूप गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना में बेरोजगारों को लेना है और विशेष रूप से नोट में क्या दिया गया है गेस्ट फैकल्टी तो न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेगी आयु जो अलग अलग वर्णित है योग्यताओं में उसके अनुरूप होगी सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो परंतु अध्यापक लेवल वन व अध्यापक लेवल टू पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी यदि कोई सेवानिवृत्त शिक्षक कार्य करता है तो उनके लिए रीट की बाध्यता नहीं है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी रूप में सेवानिवृत एवं निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे <coughs> चौथा है सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे अधिकतम सेवा अवधि 65 वर्ष की उम्र तक रिटायर्ड टीचर की हो सकती है भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने तो संबंधित पद एवं विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्थता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी इंग्लिश मीडियम स्कूल जितने भी हैं महात्मा गांधी उनमें अध्यापन हेतु लगने के लिए अंग्रेजी माध्यम में वो योग्यता अर्जित होनी आवश्यक है विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्त के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाया जाना हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित तो नहीं किया जाएगा रिक्तियों का प्रकाशन विद्यालय व स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीईओ मुख्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट एच पर किया जाएगा प्रकाशन संबंधित पीओ संबंधित विद्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और और माध्यमिक इसके साथ विभाग की पर भी इसका प्रकाशन वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हैं निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को व्यक्तिशह विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे आवेदन भर करके सभी दस्तावेज लगाकर व्यक्तिशह उपस्थित होकर विद्यालय में जमा करवाना है वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा विद्या योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु तो प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालय विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरिता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पी द्वारा किया जाएगा वरिता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का पिचहत्तर शैक्षणिक योग्यता का पिचत्तर एवं प्रशैक्षणिक योग्यता जो है बी उसके प्राप्तांकों का पच्चीस प्रतिशत अंकवार जोड़कर किया जाएगा समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरिता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा जिसकी आयु अधिक है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी गेस्ट फैकल्टी जा तो किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा परिवेदना प्रस्तुत करना किसी प्रकार की परिवेदना आप प्रस्तुत करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे पात्रताए वरिता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा सम्बंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी जिला स्तर पर संबंधित ब्लॉक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य हैं विद्या संबल योजना के तहत मानदेय बहुत महत्वपूर्ण मानदेय कितना होगा सभी के मन में यह जिज्ञासा रहती है विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा 60 मिनट मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय 1 से 8 की कक्षाओं के अध्यापन के लिए तीन रुपए प्रति घंटा मानदेय निर्धारित किया गया है और अधिकतम इक्कीस मासिक वरिष्ठ अध्यापक कक्षा नौ से दस के लिए 350 सौ रुपये प्रति घंटा निर्धारित किया गया है और अधिकतम पच्चीस हज़ार रुपये मासिक प्राध्यापक 11 से 12 प्रथम श्रेणी में 400 सौ रुपये प्रति घंटा निर्धारित है और अधिकतम तीस हज़ार रुपये प्रयोगशाला सहायक 300 सौ रुपये प्रति घंटा और अधिकतम इक्कीस हज़ार रुपये शारीरिक शिक्षा शिक्षक 300 सौ रुपये प्रतिघंटा और अधिकतम इक्कीस हजार रुपये निर्धारित किए अन्य शर्तें चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाया जाने हैं तो दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे चयन हो जाने के पश्चात सात दिवस के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी सहमति देनी है और ज्वाइन करना है निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वर्ता सूची में अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा यदि सहमति नहीं देते हैं तो उसके आगे वाला जो अभ्यर्थी होगा उसको लिया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा या तो सत्र हो या कोई उस पद के विरुद्ध भर्ती हो जाती है या स्थानांतरण होकर पद भर जाता है तब तक आपको अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों को अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक है दुराचरण अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा टाइम टेबल क्या है इसका यह विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है दिनांक एक 11 2022 हज़ार बाईस एक नवम्बर दो तक विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन होगा दिनांक 2 11 22 से 4 11 दो विद्यालय समय में आवेदन करना है दिनांक 5 11 दो प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना स्कूल में कि कौन कौन से आवेदन प्राप्त हुए हैं दिनांक 7 11 दो पात्रता की जांच करना वरीधता सूची बनाना अस्थायी एवं जारी करना दिनांक नौ ग्यारह बाईस तक आपत्तियां मांगी जाएगी किसी को कोई आपत्ति हो तो वो देगा दिनांक 10, 11, 22 अंतिम वरित सूची बनाई जाएगी जो स्थाई होगी और दिनांक 11, 11, 2022 मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और दिनांक 12, 11, 2022 को आदेश जारी किया जाएगा और दिनांक 19, 11, 2022 कार्यग्रहण की अंतिम तिथि है तो एक तारीख से लगाकर उन्नीस तारीख के बीच में ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी और 19 तारीख तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी इसका आवेदन प्रारूप भी दिया गया है उस आवेदन प्रारूप के अनुरूप हमें आवेदन करना है आशा है आपको इस वीडियो से विद्या संवलन योजना की पूरी जानकारी मिल गई होगी इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उपयोगी जानकारी हमारे सभी बेरोज़गार साथियों तक पहुंच सके और वो इस योजना का लाभ ले सकें धन्यवाद